हम जा रहे हैं गणेश मंदिर देखने जो सबसे बहुत फेमस है यहाँ पे सारे लोग इधर आते हैं तो इसलिए मास्क ऑन सेफ्टी ऑन मंदिर जाने का और उससे पहले ये सामने एक और दिख रहा है कुछ इधर तो एक के बाद एक काफी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं घूमते ही जाओ बस अभी हम सामने चलते हैं देखो खंडर है ये कोई सूचना भी नहीं है इसके बारे में चलो आगे चलते हैं और अभी देखो दोस्तों बहुत ही गजब के सीन दिख रहे हैं मैं से ये देखो यहाँ से सीन ये देखो अभी वहाँ जाएंगे हम सामने और फिर आगे वो झंडा दिख रहा है वो है गणेश मंदिर यहाँ से देखो क्या शानदार व्यू है देखो तो अभी हमें सनथम्बोर नेशनल पार्क में यहाँ पे बहुत सारे टाइगर के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं इधर देखने के लिए बहुत ही गजब के सीन है सुबह सुबह के देखो और वहाँ जाने का ये रास्ता है सामने और दोस्तों भी देखा बहुत सारे लोग मास्क पहन ही नहीं रहे हैं कुछ हाथ में लेके हैं मास्क भी हेलमेट की तरह हो गया है और पुलिस को देख लगाएंगे हेलमेट और सीट बेल्ट की तरह और गाइस हम पहुंच गए हैं गणेश मंदिर के अंदर ये देखो क्या गजब के नज़ारे इधर और वो पीछे की खाई है पीछे का नज़ारा कुछ काम चल रहा है इधर बंदर में तावड़े लगे चल बजरंग चलो मैं ओके ये मंदिर से पहले लेफ्ट हाथ में है देखने लायक जगह यहाँ से कुंड का नज़ारा भी दिखेगा और गा इज रेडी फॉर दुंड नज़ारा ये देखो बहुत ही गजब की लेक है हरी भरी पानी लेवल बहुत कम है इधर और दोस्तों ये है फेमस गणेश जी का मंदिर का प्रांगण पहले देखो इतनी भीड़ आती होगी उनके लिए लाइन बना रखी है सब खाली पड़ी है ये है सामने गणेश मंदिर के अभी चलते हैं अंदर तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर जय हो बने जय हो भगवान ये पहुंच गए मंदिर मंदिर के